कंठी माला पहने हुए वे व्यक्ति धोती कुर्ता पहने व्यक्ति टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो भाषाई आधार पर मैं कहता हूं शुद्ध हिंदी बोलने वाला या तो विलिन हो या कमेडियन होगा कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी शायद आपने उसमें कभी वीडियो देखा हो विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया बहुत पुरानी उनकी फिल्म थी ना जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम काम श्री गणेश करें इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया शुद्ध हिंदी बोलना संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र और इब्तदाईश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे ये अच्छा गाना था अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफ्रटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता हमें सीखना चाहिए और जरा जरासी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हाँ।